हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं आज आपको बताऊंगा केमेस्ट्री के सिलेबस के बारे में अकॉर्डिंग टू फिजिकल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैंने तीन पार्ट्स में इसे डिवाइड किया और क्या मतलब रिड्यूस हुआ है सिलेबस कौन से सिलेबस से कौन सी टॉपिक कट हुई है कौन सा सिलेबस में टॉपिक ही कट हो गया है ये सारे बातें हम आज हम जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सो so, फर्स्टली हम देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में क्या रेड्यूस हुआ है तो चलिए देखते हैं फिजिकल में हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है सॉलिडस्टेट इसमें जो टॉपिक कटे हुए हैं वो है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स कंडक्टर सेमी कंडक्टर्स इंसुलेटर्स एंड एन एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर्स ये सारे आपके टॉपिक सॉलिटेट से कट हो गए चैप्टर टू चैप्टर टू है आपका सॉल्यूशन चैप्टर जिसमें जो टॉपिक कट हुआ है वो है एबनॉर्मल मोलिकुलर मास और दूसरा जो टॉपिक है वो है चैप्टर चा, थ्री चैप्टर थ्री जो जो चैप्टर है वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसमें जो टॉपिक कट हुआ है वो है लीड एक्यूमुलेटर फ्यूल सेल कोरोजन लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कैल्विनिक सेल्स ये सारे आपके टॉपिक्स कट हुए चैप्टर फोर चैप्टर फोर है केमिकल काइनेटिक्स इसमें जो टॉपिक कट हुआ है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कोलूसन थ्योरी और इसमें जो सब टॉपिक कट हुआ है वो है इलेक्ट एलिमेंट्री आइडियाज नंबर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट और जो दूसरा टॉपिक कट हुआ है वो है एक्टिवेशन एनर्जी और आर इक्वेशन चैप्टर फाइव ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है इसमें जो टॉपिक्स कट हो गए हैं वह आप जो चैप्टर है वो है सरफेस केमिस्ट्री इसमें जो टॉपिक कट हुआ है वो इमल्सन टाइप ऑफ इमल्सन कैटलाइसिस होमोजीनियस हाइट्रोजीनियस एक्टिविटी सिलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट और enzyme, enzyme catalyst. ये सारे टॉपिक्स आपके कट हो गए हैं फिजिकल केमिस्ट्री सेकेंडली हम देखेंगे इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हमारे पोशन में आ, चैप्टर सिक्स से चैप्टर नाइन तक है इसमें इसमें जो फर्स्ट चैप्टर ही है वो ही कट है चैप्टर सेवन पी ब्लॉक एलिमेंट इसमें जो टॉपिक कट हुआ है वो है प्रिप्रेशन प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीनस सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैनुफैक्चर ऑक्सी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन स्ट्रक्चरल फॉस्फोरस एलोट्रॉप फॉर्म कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस प्रिप्रेशन प्रॉपर्टीज ऑफ हेलाइट्स और लास्ट टॉपिक है वह है एग्जो एसिड uh, इसमें जो मतलब आइडिया इसमें जो पढ़ना है वो है एलिमेंट्री एलिमेंट आइडियाज ओनली रखना है और चैप्टर एट डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इसमें जो टॉपिक कट हुआ है मिकल रिएक्टिविटी ऑफ लेंथनॉइड एंड एक्टिवॉइड्स और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑक्सीडेशन स्टेट कंपेरिजन विथ लेंथनॉइड प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ के एम एन ओ फोर एंड के टू सी आर ओ सेवन और लास्ट चैप्टर वो है चैप्टर नाइन कोऑर्डिनेशन uh, कंपाउंड इसमें जो टॉपिक कट हुआ है वो स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और इन उसमें जो मतलब पढ़ना है वो है वनली क्वालिटेटिव आइडिया एनालिसिस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटर और बायोलॉजिकल सिस्टम यही सब पढ़ना है तो अब देखेंगे हम ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें जो टॉपिक इसमें हमारे सी के एनसीईआरटी बुक में चैप्टर टेन से चैप्टर सिक्सटीन तक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसमें फर्स्ट चैप्टर है मतलब टेंथ चैप्टर वो है हेलो एल्केन्स और हेलो एल एरेंट्स. इसमें जो टॉपिक्स कट हुए हैं वो है यूज यूज एंड एनवामेंटल इफेक्ट ऑफ डाई क्लोरोथेन ट्राईक्लोरोन ट्रेट्रा क्लोरोथेन एडोफोम फेरों और डीजीटी चैप्टर टेन है हमारा यूज यूज चैप्टर टेन है हमारा अल्कोहल फेनोल्स और इथर इसमें जो टॉपिक कट हुआ हुआ है यूज़ेस विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ मथेनॉल इथेनॉल और चैप्टर ट्वेल्व चैप्टर ट्वेल्व में कुछ कट नहीं हुआ है चैप्टर थर्टीन अमाइंस इसमें जो टॉपिक uh, कट हुआ हुआ है डाई एजोनियम सॉल्ट प्रिप्रेशन केमिकल रिएक्शन इम्पोर्टेंस ऑफ सेंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सारे टॉपिक्स आपके कट हो गए चैप्टर फोटीन चैप्टर फोरटीन है हमारा बायोमोलिक्यूल्स इसमें जो टॉपिक्स कट हुए हैं वो हैं ऑलिगोसेकर इसमें जो सब टॉपिक कट हुआ, हुआ है वह सकरोज से, लैक्टोज मलिटोज जो दूसरा टॉपिक है वो है पॉलीसेकेराइड्स इसमें जो टॉपिक कट हुआ है वो है स्टार्च सेलुलोज ग्लाइकोजन और जो थर्ड टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट विटामिन क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस, एंजाइम्स, हारमोनस एलिमेंट्री आइडियाज इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर ये सारे आपके टॉपिक कट हो गए हैं और इसमें जो लास्ट वाला टॉपिक है बस आइडिया उसके बारे में रखना है चैप्टर फिफ्टीन ये पूरा चैप्टर ही कट है चैप्टर सिक्सटीन ये भी पूरा कट है मतलब आपको ये नहीं पढ़ना पड़ेगा चैप्टर मतलब फिफ्टीन सिक्सटीन और चैप्टर कौन सा था और एक चैप्टर था हाँ चैप्टर सिक्स ये सारे आपको नई पढ़ने पड़ेंगे क्लास ट्वेल्व के लिए